हेलो वेलकम गाइस अभी दोस्तों मैं आ चुका हूं सड़क पे और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि जो भी यू की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें दो काम कर देना चाहिए पहली बात तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दें और दूसरी बात है कि वह सिर्फ इसी भर्ती की तैयारी ना करें यानी कि मेरा ये नहीं कहने का मतलब है कि, कि किसी और की करें कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अभी यू की भर्ती थोड़ी लेट है या हो सकता है कि आप भी इसका कोई कन्फर्मेशन तो है नहीं ऑफिशियल बस उन्होंने अनाउंस किया है कि तीन पद हमारे आएँगे और वो कब आएंगे और आएंगे भी या नहीं इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है यानी कि बस उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है घोषणा की है कि 3000 पदों पे हम दरोगा की नई भर्ती करेंगे वो भी हमारी यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसके साथ तो दोस्तों मेरा कहना है कि अभी दोस्तों दो फॉर्म ऐसे आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो हम सभी को भरना चाहिए और उन फार्म को एटलीस्ट अभी भर देना चाहिए जल्दी भर देना चाहिए क्योंकि बाद में उस पर सर्वर बिजी होने का प्रॉब्लम होता है और मैं तो जहाँ पे हूँ दोस्तों आपको पता ही होगा कि यहाँ पे तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है और होगा भी कैसे दोस्तों यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं है ना बस्तियाँ हैं बस बहुत दूर दूर तक कोई घर बने हुए हैं जहाँ पे रहते हैं लोग और हम लोग का कैंप है और क्या फ़िलहाल दोस्तों बात करते हैं कि भर्तियाँ है कौन सी हैं तो पहली भर्ती है दोस्तों एस एस की जिसमें पैंतालीस पद है आपको उसमें पता ही होगा कि आपको टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है पैंतीस वर्ड टाइपिंग चाहिए आपको इंग्लिस में हो या तीस वर्ड हिंदी में और दूसरी हमारी भर्ती है केवीएस की जिसमें सात पद हैं एक असिस्टेंट करके है आप उसका फॉर्म भर सकते हैं या और भी आपकी एलिजिबिलिटी है तो उसमें और भी कई पद हैं जो उसमें केवीएस में लगभग 13000 कुछ पद हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन कौन सी आप भर्ती उसमें भर सकते हैं इन दोनों फार्म को दोस्तों आपको ज़रूर देखना चाहिए और इस पर जरूर विचार करना चाहिए फिलहाल दोस्तों मैं यू का जो अपना टेस्ट है वो जैसे ही मेरे पास जुगाड़ हो जाएगा या मैं कह लीजिए कि मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी तो वो मैं चालू कर दूंगा अभी दोस्तों मैं अपना जो टॉपिक वाइज है वो सलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ धीरे धीरे थोड़ा हमारा बिजी शेड्यूल है अभी वर्किंग है या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा ड्यूटी ज़्यादा है अभी आदमी कम है इसलिए समय थोड़ा कम मिल पा रहा है और फिलहाल जितना समय मिल रहा है बढ़िया है अच्छा है आ, कोई अलग से समय थोड़ी ना मिलता है दोस्तों लाइफ आपको मौका थोड़ी ना देगी कि आप बैठिए पढ़िए या कुछ करिए जैसे जैसे बनता जाएगा मैं बनाते जाऊँगा पढ़ते जाऊँगा और आप लोग को भी मोटिवेट और गाइड करते रहूँगा फिलहाल दोस्तों आपको पता होगा कि कितनी हार्ड ड्यूटी होती है हमारा लेकिन फिर भी दोस्तों है करना है तो करना है यूपीएसआई से जब से मैंने दोस्तों यू की भर्ती देखी है मेरा हार्ड से लगाव है और जब इसका भर्ती का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई सूचना मिलती है तो मानो दिल खुशी से झूम उठता है और आई थिंक मुझे यूपीएसआई में भर्ती होना था लेकिन दोस्तों मैं तो भर्ती 2018 में ही हो गया था इसमें थोड़ी सी गलती के कारण चूक हो गई नहीं तो अभी तो मेडिकल भी हो गया होता चलिए कोई बात नहीं आगे की तैयारी करते रहेंगे आप लोग कैसे हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी ज़रूर बताइएगा फिलहाल दोस्तों अभी मैंने ग्रुप बनाया नहीं है लेकिन ग्रुप बना के उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वीडियो चेक करते रहिएगा तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद साथियों